यहाँ नदियों को धर्म और आस्था से भी जोड़ कर देखा जाता है दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में बताने जा रहे हैं पहला नदी है दोस्तों सिंधु नदी दोस्तों सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जिसका उपगम भारत में हिमालय ऐसी होता है इस नदी की लंबाई दो किलोमीटर तक का है दूसरी नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम एक देव आरोप रखा गया था जिसका मतलब होता है दोस्तों ब्रह्म का पुत्र ये नदी तिब्बत से निकलती है जिसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर की है ब्रह्मपुत्र नदी भारत को बंग्लादेश और चीन से जोड़ती हुई बहती है तीसरी है दोस्तों गंगा नदी दोस्तों गंगा नदी का भारतीय इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्व है गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है जिसकी लंबाई करीब दो किलोमीटर है गंगा नदी गंगोत्री ऐसी निकलती है और माना जाता है दोस्तों कि इसका पानी इतना पवित्र है कि की कभी खराब नहीं होता और लोग इसे भर कर अपने घर में रखते हैं चौकी नदी है दोस्तों गोदावरी नदी दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्रम्बक पर्वत से निकलती है जो करीब 1450 किलोमीटर लंबी है यह नदी महाराष्ट्र से निकलकर कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ऐसी होते हुए बंगाल की घाड़ी में जाकर मिलती है गोदावरी नदी भी काफी पवित्र नदी मानी जाती है के गोद शब्द ऐसी इस नदी का नाम रखा गया है जिसका मतलब होता है दोस्तों मर्यादा पांचवी नदी है नर्मदा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है नर्मदा नदी जिसकी कुल लंबाई करीब 1290 किलोमीटर की है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है छठी नदी है दोस्तों कृष्णा नदी दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के एक गाँव ऐसी होता है 1290 किलोमीटर लंबी की यह नदी महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है इन चारों राज्यों में सिंचाई के लिए कृष्णा नदी का ही पानी इस्तेमाल किया जाता है कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है सातवी नदी है दोस्तों यमुना नदी दोस्तों यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर ऐसी निकल हरियाणा की सीमा ऐसी होते दिल्ली और आगरा होते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है यह नदी करीब 1211 किलोमीटर लंबी है आठवीं नदी है दोस्तों महानदी दोस्तों महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के पास स्थित सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है जिसमें कई नदियों का संगम होता है और इसी कारण इसे महानदी कहा जाता है इस नदी की कुल लंबाई है दोस्तों करीब 890 किलोमीटर नौवीं नदी है दोस्तों कावेरी नदी कावेरी नदी ब्रह्म के पहाड़ों से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर कावेरी नदी मिलती है कावेरी नदी की कुल लंबाई है दोस्तों सात किलोमीटर और दसवीं नदी है दोस्तों ताप्ती नदी दोस्तों ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से होकर गुजरती हुई अरब सागर में खमभा की खाड़ी में जाकर मिलती है ताप्ती नदी की कुल लम्बाई है करीब सात किलोमीटर तो दोस्तों ये थी जानकारी भारत की 10 सबसे बड़ी नदियों के बारे में तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जा...